तो इस में आप आर आर तो को सीखने के लिए सबसे तो पहले आप ये डेमो तो आर्मेव बेसिकली एक फंडामेंटल रूल है और में वेव आर्मेड है की पर और जो ये वेविंग की टेक्निक है वो ली गई है ही, हम हमारी कर सकते हैं ये एकदम स्ट्रेट लाइन के जैसी होती है और इन्ही स्टेट लाइन को हम वेब में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं आर्मेव में सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है की आपको आपकी आर्म की हेल्प से वेव का आयुजन क्रिएट करना है आर एवे को सीखने के लिए सबसे पहले आपको इसे अच्छे से समझना होगा। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले ये ब्रेकडाउन देखिए हम हमारे आर वे आइसोलेट तो करते हैं मतलब हमारे हैंड में जो ज्वाइंट है उन ज्वाइंट की हेल्प से हम हमारे ज्वाइंट को ऊपर उठाएंगे और बाकी का जो पार्ट होंगे वो बेस लाइन पर होंगे जो ये बेसलाइन है इसका बदलाव करें यहाँ पर हमारे पोजिशन से हर मूव में एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग पोजीशन होती है। तो ये हमारा पहला था आइसोलेट का। आपको याद रखना है कि आपको एक टाइम पर एक ही जॉइंट को आइसोलेट करना है एक टाइम पर दो जॉइंट को आइसोलेट नहीं करना है जब तो आप एक जॉइंट को आइसोलेट करोगे तो याद रखिए कि जो बाकी के पार्ट है वो सभी बेस्ट पर होना चाहिए अब बात करते हैं हमारे सेकेंड पार्ट के बारे में जो है भी है जो है है वो हमारी वेव का स्टार्टिंग पोर्शन और ये, जो स्टार्टिंग होती है और ये, ये करती है। तो आपको इसे बहुत वही रिवर्स होता है जब हम वेब आउट करते हैं हमारा लास्ट पार्ट है ट्विस्ट ट्विस्ट वेव इन के बाद होता है तो जब हम हमारे एलबो को आइसोलेट करते हैं और जब एल्बो के बाद हम हमारे शोल्डर को करेंगे तो साथ में जो हमारा एल्बो से लगाकर शोल्डर का उसे हल्का सा ट्विस्ट ट्विस्ट करेंगे ये हमारी जो वेब है वो और भी अच्छी दिखती है बहुत सारे लोग जब सीखना स्टार्ट करते हैं तो ये ट्विस्ट नहीं करते तो आपको याद से ये ट्विस्ट करना है तो ये हमारे तीन पार्ट है वेबिंग के तीन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे आप फॉलो करके इजिली वेबिंग सीख सकते हैं अब बात करते हैं स्टेप बाई स्टेप गाइड के बारे में सीखते हैं हैं। करते को को सीखने के लिए आपको ये फॉलो करना होगा। सबसे पहले आप करेंगे फिर फिर आप करेंगे फिर आप करेंगे करेंगे है, क्योंकि जो बिगनर होते हैं उन्हें स्टार्टिंग में चेस्ट पॉप नहीं जाता यदि आपको चेस्पॉप आता है तो आप कर सकते हैं बट ये बिगनर के लिए वीडियो बनाया है इसलिए हमने चेस्ट नहीं किया तो फिर आपको चेस्ट के बाद करना है ट्विस्ट और फिर करना है वेब तो इसी दीख में फॉलो करते हुए हम हमारे सबसे पहले सीखते हैं है में होगा हमारे फिंगर टिप्स बिस्तर आपको अपने हाथों को स्टार्टिंग पोजीशन में रखना होगा सबसे पहले आपको फिंगर टिप को उठाना है जो आपको नकल को बेंड करना है, फिर आपके को है अब करते हैं इसे काउंट के साथ जो हमारा फिफ्थ तो काउंट है वही हमारी एंडिंग है और वही हमारी स्टार्टिंग तो आपसे लगातार तो और आपको इस तरीके से आपको एक वेब के मोशन में क्रिएट करना है अब जब आप काउंट के साथ करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव तो आप देख रहे हैं कि इसमें कितना तो रिजिट मोशन रिजिट है एकदम एकदम कठोर दिख रहा है आपको इसको फ्लो में लाना है तो आपको बार प्रैक्टिस करके इस चीज को इस तरीके से फ्लो में लाना हो तो हमारा ये हमारा यूजन यह करेगा जब हम हमारी वेविंग की स्टार्टिंग करेंगे तब अब बात करते हैं हमारे सेकंड पार्ट के बारे में जो कि है ट्विस्ट दूड तो ट्विस्ट होगा हमारा ब्रेस्ट से शोल्डर तक अब ब्रेस्ट के बाद हम अपने एल्बो को आइसोलेट करेंगे फिर शोल्डर को अप करेंगे जब आप शोल्डर को अप करोगे तब आपको एल्बो को ट्विस्ट भी करना है साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जब आप एल्बो को अप करोगे तब आपको रिस्ट और शोल्डर को बेस्ट लाइन पर ही रखना होगा ट्विस्ट में इतना ही है अब आप आपको चेस्ट पॉप करना है यदि आपको चेस्ट पॉप आता है तो आप कीजिए करना इस वीडियो में जैसा मैंने किया अपने शोल्डर को सबसे तो पहले आपने एक शोल्डर को ऑफ कीजिए और साथ ही उसे डाउन करके दूसरे शोल्डर को कीजिए इस तरीके से शोल्डर अप डाउन कीजिए फिर अगेन आपको ट्विस्ट करना है ट्विस्ट करने के बाद आपको करना है। जो में हम, तो तो हम जो हमारे एंडिंग है। फिर हमारी फर्स्ट पोजिशन होगी नगलो एंड करना है। तो ये हमारा रिवर्स है जैसे की हम वेव तीन में कर रहे थे आपको तो वेव आउट में इस टाइप से करना होगा सबसे तो पहले अब आपके स्टार्टिंग या एंडिंग जो पोस्टन थी हमारी हमारी एंडिंग पोजिशन है हमने को बैंड बैंड किया, किया और फिगर है तो आपको इसी को फॉलो करते हुए इस तरीके से करना आपको ये को फॉलो करना आए, तो आप इस को है तो अब इसे काउंट के साथ करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवेंथ टें जो मैंने आपको ये छोटी छोटी चीजें बताई हैं, इनका ध्यान रखे आपको बेव करना है तो अब बात करते हैं कुछ एक्सरसाइज के बारे में जिससे कि आप अपनी बेव को और भी अच्छा कर सकते इस तरीके से अपने हाथों को मिलाइए और इस तरीके से रोटेट कीजिए आपका आर्म रोटेशन करना है एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज आप चाहे तो अपने हाथों को इस तरीके से पकड़ भी सकते हैं अपने नकल्स को बेंड करना है आपको इस तरीके से आपको अपनी नकल्स को बाहर बेंड करना है एक के बाद एक और तो फिर भी इसको बेंड कीजिए इस एक्सरसाइज में आपको अपने नकल को प्रेस करना है इस एक्सरसाइज में आपको आपके शोल्डर को रोटेट करना है इस तरीके से आपको एंटी क्लॉकवाइज वा, और क्लॉकवाइज दोनों ही तरीके से रोटेट करना है को आप करे, करे, एक शोल्डर को ऑप करें फिर दूसरे को ऑप करें फिर डाउन करें अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन आप चाहे तो दोनों शोल्डर को एक सारा ऑप कर सकते हैं डाउन कर सकते हैं यह एक्सरसाइज हमारी ट्विस्ट के लिए है इसे आपको इस तरीके से अपने हाथों को पकड़िए और आपको आर्मे को ट्विस्ट करना है आपको। आपके, आर में को ट्विस्ट है इस से। आपके शोल्डर और एल्बो के पोर्शन को स्ट्रेट रखिए बाकी के पोर्शन को रोटेट कीजिए आपको ये अपने दोनों हाथ से करना है क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों ही तरीके से सभी एक्सरसाइज आपको दो से मिनट तक तो तो तो गोल है और तो जिससे मैंने डिवाइड किया है 100 आपको एक दिन में हंड्रेड वेव करनी है और इसी टाइप से आपको दस दिन तक 200 तो तो करके 1000 वेब कर दिए तो आप यदि इसको फॉलो करोगे तो आपकी जो वेब है वो अच्छी हो जाएगी मैं गारंटी देता हूँ सबसे तो पहले तो तो आपको क्या करना है आपको 10 वेब करना है आपको वन आवर का गेम लेना है फिर 10 वेब करना है इस तरीके से आपको 10 10 करते करते आपको पूरी 100 वेब करना होगी आप चाहो तो जो हमारा वेब काउंट है उसे चेंज कर सकते हो जो हमारा टाइप है उसे भी चेंज कर सकते हो क्या आप डिपेंड करता है यदि आप चाहो तो जो 10 वेव कर रहे हो उसकी जगह आप 10 या 20 वेव कर सकते हो और जो हमारा टाइम है उसे भी कम करके आप 30 से 45 मिनट कर सकते हो बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो हमारा 10 वेव करके फिर गेम लेके फिर 10 वेव करते हैं उसे फॉलो कीजिए क्योंकि तो इसमें आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे क्योंकि तो आप जब पूरे टाइम इसमें इंक्लूड हो तो आपको तो मेंटली और फिजिकली दोनों ही एक कारण इसमें बेटर रिजल्ट मिलेंगे और साइंटिफिक प्रूफ भी है तो आप इस को तो फॉलो कर सकते हैं आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप इसे फॉलो करके अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए जब तक आप आर ओम एव सीख नहीं चाहते यदि आप हमारे वीडियो से आर ओर सीख जाते हो तो आपका वीडियो बनाकर मुझे इस नंबर पर सेंड कीजिए और मैं आपका वीडियो YouTube पर अपलोड करूँगा ताकि जो लोग हार्ड सीखना चाहते हैं वो आपका वीडियो देखकर मोटिवेट हो और वो भी प्रैक्टिस स्टार्ट करें वीडियो आपको अच्छा लगा उसे लाइक कर सकते हैं आप दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय